फैक्ट नंबर वन लोगों की नज़र सबसे पहले आपके चेहरे पर और फिर आपके जूतों पर पड़ती है फैक्ट नंबर टू किसी भी लड़की को अपनी असली उम्र बताना अच्छा नहीं लगता फैक्ट नंबर थ्री जब आपके पास कोई दो ऑप्शन होते हैं तो हमेशा सबसे पहले वाला ऑप्शन ही सही होता है फैक्ट नंबर फोर लड़कियों को अपनी सुंदरता हमेशा दूसरी लड़कियों से कम ही लगती है फैक्ट नंबर फाइव लड़कियां अपना दुख रो निकाल देती हैं जबकि लड़के ऐसा नहीं कर पाते हैं फैक्ट नंबर सिक्स हम जिसके साथ ज्यादा रहते हैं उसकी आदतें भी हमको लग जाती है फैक्ट नंबर सेवन अपने विचारों को लिखने ऐसी तनाव कम होता है फैक्ट नंबर एट पढ़ाई करते वक्त चॉकलेट खाने ऐसी जल्दी याद हो जाता है फैक्ट नंबर नाइन बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले लोगो को सबसे ज्यादा प्यार और की जरूरत होती है फैक्ट नंबर टेन खुद से बातें करने वाले लोग स्मार्ट होते हैं